लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना दिख रहा है कि नहीं आज ये कैमरे से लाइव नहीं है और मैं फिलहाल वहाँ पर स्टूडियो में जहाँ से पढ़ाता हूँ वहाँ पे नहीं हूँ मैं बगल में ऑफिस में ही बैठा हूँ तो ये फोन पुराना वाला है हो सकता है कि अच्छा ना दिख रहा हो फिलहाल तो जैसे भी दिख रहा है आप लोग पहले मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ अच्छा आ रहा आवाज़ वगैरह आ रही है ये क्लास रविवार को स्पेशली होती है बातचीत की जिसमें हम आप लोगों के सवालों को शामिल करते हैं ठीक है, है? आ, क्योंकि जब डेली क्लास चलती है पढ़ाया जाता है तो कैंडिडेट बहुत सारे सवाल करते हैं और उन सवालों का जवाब ऐसे मिल नहीं पाता है क्योंकि जब क्लास चलती है तो सवाल जवाब हो नहीं पाते हैं है ना दिख तो रहा है इधर रखने से नहीं सही पड़ेगा इसे पकड़ के रखना पड़ेगा आज आप क्लास के बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए शिवानश जी आपका कमेंट आ रहा है शिवानंद विजय ऑफिशियल वीडियो नंबर वन संदीप जी आपका भी कमेंट आ रहा है राहुल जी आपका भी कमेंट आ रहा लौकुश पूनम प्रजापति सुमन कुमार रितेश चौबे ठीक है क्लास के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए कौन सी क्लास कब चलती है किस क्लास का क्या टाइम है और कुछ भी क्लास से संबंधित वन टू कोई भी प्रश्न है तो आप बोलिए फटाफट बोलिए हम बताएंगे सब सोनू कुमार आदर्श पाल फ्री फायर लवर्स आशुतोष जी गुड इवनिंग पवन शर्मा जी गुड इवनिंग विशेष यादव जी गुड इवनिंग और सभी को हैप्पी मदर्स डे माँ की ममता जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है ना तो आप लोग भी माताओं का विशेष सम्मान करें वैसे तो करते होंगे पहले से हाँ तो क्लास के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बताइए कक्षा 10 का चलता है शाम को 7 बजे से Uh, कक्षा दस का शाम को सात बजे चलता है फैमिली संत सरवन जी शाम सात बजे दिव्यांशु आपके लिए भी वही जवाब है शाम सात बजे अमित शर्मा आर्य अग्रवाल कब तक ख़त्म होगा अमित जी देखिए तीन दिन उसमें बेसिक मैथ इन लोगों ने बीच में शामिल करवा लिया तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर भी एक मंथ लगेगा विजय जी बिल्कुल हम बहुत अच्छे हैं बस आप ही का इंतज़ार था विशेष यादव अभी साइंस का नहीं चल रहा बाबू ठीक है चलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे बहुत जल्दी ही चले क्लास के बारे में किसी को कुछ भी कहना है तो आप बोलते रहिए मैं सबका देख रहा हूं कमेंट उस पर आज बेसिक मैथ जी बिल्कुल रात नौ बजे चल रहा है संदीप जी कह रहे हैं कि मैथ बहुत हार्ड लगता है देखिए कोई चीज़ हार्ड लगता नहीं है आप लोग हार्ड बना देते हैं समझ रहे हैं ना? जिस चीज को हम चाहते हैं वो भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो वो आसान हो जाता है है ना? वो गाना सुना आपने कितनी बहुत पहले वाला आंखों में नींदे न दिल में करार मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार अब वो वाली मोहब्बत नहीं मैथमेटिक्स भी हो सकती है जो बच्चे रात रात में पढ़ते हैं किसी वस्तु से भी हो सकती है ना अब कहोगे कि गुरु जी ज्ञान देना तो बहुत आसान है लेकिन समझ तो आप भी रहे हो है ना क्या कंडीशन है ठीक है जो भी है लेकिन करिए मैथमेटिक्स से भी करिए थोड़ा लगाव करिए फिर देखिए आने लगेगा बिल्कुल आएगा रविवार को बातचीत होती है रविवार को स्पेशली पढ़ाई नहीं होती बातचीत ज़्यादा होती है तो कुछ लोग अगर परेशान हैं तो वो समझ लें कि रविवार को बातचीत होती है रश्मि जी जो बच्चे कक्षा अच्छा दस में आ गए हैं वो शाम सात बजे पढ़ सकते हैं मैं बता रहा हूँ कि अभी चैप्टर नंबर ट्वेल्व पढ़ाया जा रहा है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पीछे के चैप्टर पढ़ा के फिर वन चैप्टर से पढ़ाया जाएगा ठीक है मैं इस फोन में कमेंट देख रहा हूँ दूसरे वाले में कल्पना रजक जी हेलो हाँ कमेंट आ रहा है अच्छा आवाज़ क्या? आवाज क्या मेरी वॉइस क्लियर है सोनू जी आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं ये थोड़ा सा पीछे कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि ये टूटा हुआ है अभी जल्दी में ही मोहम्मद अरशद पेमेंट में देनी देरी हो गई है अरशद जी कोई बात नहीं तब तक आप फ्री वाला देखते रहिए कल्पना रजक पूछ रही कि कक्षा 10 का क्लास कितने बजे से चलता है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा चुके हो कौन कौन से चैप्टर आल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ओनली मैथ कल्पना जी देखिए पहली बात तो थोड़ा सा आप अपना जो लिखावट है उसे सही करिए लैंग्वेज के रूप में अगर आप यूपी बिहार से हैं दूसरी बात जो चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पे आप उसे देखिए ठीक है अभी नया बैच आपका 15 मई के बाद चलेगा तो उसे शुरू से देखिएगा बाकी क्या क्या पढ़ा दिया गया पी स्टडी इलाहाबाद चैनल पर आप जा करके प्ले में सारा वीडियो देख लीजिए सब है हाँ तो संडे को बातचीत होती है स्पेशली आप लोगों से परिचय होता है तो आप लोग एक बार बताइए कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं जैसे आपका जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है फटाफट बताइए जैसे आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है तो आप कहाँ से हैं कौन से राज्य और कौन से ज़िले से बी, बी यूपी इसका क्या मतलब है भैया हापुर सिटी यूपी से हैं इनका नाम है हापुर सिटी ब्लॉग इनका नाम ही वही है संदीप दिल्ली से है नीलाक्षी मेरठ से यूपी से हैं और कोई नहीं मन भैया सभी कमेंट करते रहो मैं देख रहा हूँ दिव्यांशु भरतपुर से हैं राजस्थान से विशेष जो हैं ये भैया जिला हाथरस उत्तर प्रदेश से है झारखंड से हैं सुमन कुमार मज़ा आ रही ना अच्छा लगता है न, नाम बोलने पर आप लोगों का आदर्श पाल गुजरात के सूरत ज़िले से हैं और बाराबंकी यूपी से दिव्यांशु हैं आशुतोष यूपी के जौनपुर से हैं और हरदोई से सौरभ यादव हैं साक्षी कुमारी ये कह रहे हैं कि प्रियांशु यूपी अच्छा ठीक है प्रतापगढ़ से अमित कुमार जी जुड़े हैं तो बहुत से बच्चे हैं अपने अपने गांव अपने अपने शहर से जुड़े हैं ठीक है दरभंगा से श्याम जी हैं पलामू से हैं पुष्पराज ठीक है आप क्लास के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो बताइए नहीं तो मैं आपको मोटा मोटा एक बार बता देता हूं देखिए साथियों YouTube पे अभी चार क्लास लगभग फ्री चल रही है सिर्फ चार क्लास पहला सुबह आठ बजे से कक्षा 9 की मैथ जो कि अभी बंद है 15 मई से चलेगी ये शाम को सात बजे कक्षा दस की मैथ क्लास टेंथ एनसीआर रात के नौ बजे से बेसिक मैथ बिल्कुल शुरू से एकदम जीरो लेवल से रात के दस बजे से डीएलएड यानी बीटीसी की मैथ ये इतनी क्लासे अभी यूट्यूब पर फ्री चल रही है ठीक है शर्मा जी क्या मुसीबत आ रही है आपको एनसीआर को फॉलो नहीं करते हैं इसका क्या मतलब है हुँ? रश्मि बोल रही कि आरडी डी शर्मा करवा दीजिए देखिए कोई भी बुक के पीछे मत पढ़िए मैंने कई बार बताया कि आप सिलेबस देखिए कोई भी परीक्षा के लिए आपको सिलेबस तैयार रहना चाहिए किताब के पीछे मत पढ़िए किताबें सभी अच्छी होती हैं ठीक है विशेष यादव जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं इलाहाबाद से मतलब जिसे बोलते हैं तो क्लास के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बताइए एक बात हम अपनी तरफ से अब बताएंगे वो ये है कि अगर आप लोग भी घर बैठे कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अधिकांश हमारे कैंडिडेट जो हैं वो बेरोज़गार हैं सबसे बड़ी मुसीबत सबसे बड़ी बीमारी बेरोज़गारी है है ना जो कि सही बात है कि बेरोज़गारी है भी और कुछ हद तक लोगों ने बना कर रखा है बेरोजगारी ऐसी बात नहीं है कितनी बड़ी है कुछ लोग गारी भी देंगे अभी कहेंगे यहाँ ऐसा कहे बोल रहा है मोदी भक्त है कहा नहीं मोदी जी के भक्त हम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा बोल रहे हैं ऐसा इसलिए कि आजकल लोग बड़े लाज शर्म के मारा कुछ नहीं करना चाहते हैं अगर कुछ करेंगे तो अगला हंसेगा ये देखो फलन ये काम करने लगा भाई हुँ? अगला हंसेगा वो हंसेगा इसलिए वो नहीं करेंगे भले वो भी खाली बैठे रहेंगे वो भी बैठा रहेगा अच्छा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए एक ही जवाब है कि आप कुछ ना कुछ करिए घर वालों के भरोसे मत बैठे रहिए समझ रहे हैं कुछ भी करिए पार्ट टाइम जहाँ भी हैं जहां भी रह रहे हैं कुछ भी शुरू करिए समझ रहे हैं ना तो किसी के भक्त मत बनिये और किसी के जिसे कहते हैं ना राजनीति वाली भाषा इसको करने से कोई मतलब नहीं है आप खुद सेल्फ डिफेंड बनिए जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए समझ रहे ना ये भी एक राजनीति वाली भाषा हो गई जब सारे शब्द आजकल राजनीतिक हो गए तो बोला क्या जाए ठीक है तो किसी को कुछ कहना है तो बताते जाइए हाँ एक बात और आ, कुछ कैंडिडेट हमारे हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर कुछ भी करते हैं वो कहते हैं कि हमारा वीडियो लोग नहीं देखते हैं कैसे करें क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो जो हमारा अनुभव रहा है चार लाख लोगों को जोड़ने में ये है कि आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिसको लोग देखें भाग के ना जाए छोड़ के जैसे आपने देखा होगा केफारी लाल यादव का वीडियो राजपाल यादव की कॉमेडी अछरा सिंह का अच्छा वाला वीडियो तो उसको लोग पूरा देखते हैं बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब अगर 10-5 मिनट का है तो उसे पूरा देखते हैं छोड़ते नहीं हैं क्यों क्योंकि उसमें कुछ उन्हें ऐसा मिलता है कि वो नहीं छोड़ पाते मजबूरी में वो वीडियो वायरल होता है वो वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है ऐसे ही पढ़ाई में या जानकारी में नॉलेज में आप कुछ भी बनाइए कुछ भी करिए जिसको लोग देखें छोड़ के ना जाएं जबरदस्ती नहीं देखेंगे ना ही आपके ऊपर दया करके देखेंगे कि भैया बाबू छोड़ना मत वीडियो पूरा देख लेना पूरा देख लेना ऐसे करोगे तो नहीं देखेंगे समझ रहे हो ना तो उनको क्या करना है उनको बांध के रखना इमोशनली कुछ भी वीडियो बनाते हो आप उनको कुछ जानकारी भी मिले कुछ सीखें भी ये नहीं कि जबरदस्ती कब तक बांध के रखोगे किसी को बताइए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक कोई जानवर है बहुत प्यारा सा गाय है या कोई कुत्ते का बच्चा है उसे बार बार आप बुलाते हो आओ जाओ ले ले ले अच्छा आ जा वो आया चार बार आया पांच बार आया तुम तो उसे कुछ ना दिए तो कितनी बार आएगा नहीं आएगा ना इंसान होगा तो गरिया भाग जाएगा और जानवर है तो वो तो फिलहाल प्यार से ही चला जाएगा तो मतलब मेरा यही है कि अगले को कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए उससे कुछ मिले उसे समझ रहे हैं ना ये चीज बाकी कुछ जो बहुत ही डिमोटिव हो जाते हैं एक प्रकार से डिप्रेशन में हो जाते हैं मैसेज करते हैं हमारे पास हमें मैथ नहीं आती है क्या करें सर मन करता है सुसाइड कर ले मर जाए एकदम से अब मरना ही था तो तुपाए हुए पहले ही मर गए होते समझ रहे हो ना बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारे सोर्स हैं कुछ भी करिए आप कुछ भी करिए इतनी महंगाई है इतनी जनसंख्या है इसका भरपूर फायदा उठाइए कुछ भी करिए जो लोगों के काम आए समझ रहे ना बेरोजगारी है लोगों की जनसंख्या ज्यादा है इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं आप कुछ भी करके कुछ नया सीख करके लोगों को सिखा करके दिखा करके समझ रहे हैं कि नहीं क्योंकि कहू मैं बहुत सारा मैसेज अभी आपको दिखा दू यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं लोग आजकल इतना परेशान हैं चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं उम्र हो गई है 26 से लेकर 30 साल तक अट्ठाईस साल तक शादी हो नहीं रही क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है लोगों की मानसिकता ये है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए चाहिए तो सरकारी चाहिए भले चपरासी ही क्यों ना बन जाए लेकिन चाहिए सरकारी यही तो मुसीबत है सरकारी तो सबसे बड़ी बीमारी है।, है ना प्राइवेट में लोग नहीं काम करना चाहते क्यों क्योंकि काम करना पड़ता है वहाँ पर सरकारी में हर जगह नहीं काम करना पड़ता है सबसे बड़ी सिक्योरिटी चाहिए जॉब की सिक्योरिटी क्योंकि सरकारी रहेगी तो सिक्योरिटी रहेगी कि भैया नौकरी निकाले नहीं जाएंगे कुछ भी करेंगे जल्दी निकाले नहीं जाएंगे प्राइवेट में काम नहीं करोगे सुबेरे मार्ग भगा दिया जाओगे तो काम करना कोई चाहता नहीं है जुगाड़ हर कोई लगाना चाहता है यही समस्या है समझ रहे हैं नबी एक ताज़ा एग्जाम्पल बताऊँगा आपको छोटा सा सरकारी का जहाँ पर हम लोग रहते हैं प्रयागराज भापा मऊ अभी जब चुनाव वगैरह था तो यहाँ पर फापा मऊ शांतिपुरम से लेकर तलियरगंज सिविल लाइन तक फोर लेन रोड बना अच्छा सा बनी जो भी था इधर विशेष रूप से फापा मऊ साइड में चुनाव वगैरह हो गया नमामि गंगे परियोजना वाले सब खोद डाले फिर समझ रहे हो करोड़ों रुपए का सड़क बनी थी सब खोद के बराबर कर दी अब फिर वो अपना बना रहे जो नमामि गंगे योजना का सीवर प्लांट पास था वो बना रहे उसको बनाने के बाद फिर रोड बनेगी लेकिन ये सब क्या है काम सरकारी है समझ रहे हो ना करोड़ों रुपए उसमें एक बार गया घुसा वो बर्बाद हुआ उससे कोई मतलब नहीं फिर बनेगा फिर टेंडर पास होगा फिर अधिकारी से लेकर के ठेकेदार तक सब खाएंगे तो ये अपना देश है फिर तुम कहते तो बेरोजगारी है पैसा ही नहीं बहुत पैसा बस दिमाग का प्रयोग करो समझ रहे कि नहीं जैसे आपने देखा है वो मोटिवेशनल uh, वाला वीडियो देखा होगा नहीं तो मैं ऐसे एक बात बता दूं एक पेन है ना ये इसका देखिए 95 ये 95 परसेंट हिस्सा है ना ये ये केवल पाँच परसेंट है।, है ना तो 95 परसेंट लोगों की जो कतार है वो बेरोजगारों वाली है पाँच परसेंट वाले जो हैं वो रोज़गार दे रहे हैं आज के टाइम में भी समझ रहे हो ये दिमाग से सोचते हैं दिमाग से काम करते हैं माइंड वाला और ये क्या करते हैं पेट भरने वाला समझ रहे हो अब ये कुछ लोगों को बुरा लगेगा करना चाहिए अच्छी बात है लेकिन एक बात बताऊं ईमानदारी से सुनना जो लोग डेली कमाने खाने वाले हैं आपने देखा उन्हें जानते होंगे ना हर किसी के घर में होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं हम बहुत बड़े हैं हमारे घर में भी हैं थे जो भी है बात अलग है वो लोग क्या करते हैं सुबह खाना खा के तभी जाते हैं काम पे। विशेष रूप से अगर एक छोटा एग्जाम्पल बताऊं, मैं किसी के यहाँ भावनाओं को ठेफ नहीं पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग घर वगैरह बनाने का, का काम करते हैं कोई भी दैनिक काम करते हैं सुबह खाना खा के ही जाएंगे हो सकेगा तो लेके भी जाएंगे जब सुबह वो उठेंगे तो पहले खाना के बारे में ही जुगाड़ करेंगे कि खाए के क्या जाएंगे ले क्या जाएंगे बाद में काम करेंगे अलग बात लेकिन एक जो जिम्मेदार पर्सन होगा चाहे वो अपनी ही कंपनी इंस्टीट्यूट चलाता होगा कुछ भी करता होगा वो क्या करेंगे वो बारह बजे दो बजे मंजन करता होगा वो ये सोचता ही नहीं खाएंगे क्या मिलेगा क्या समझ रहे हैं तो जिसको लगी है वही चीज की उसको मिल नहीं रहा है और जिसको टाइम ही नहीं है उसका उसके पास सब कुछ तो अगर आप सिर्फ उसी के पीछे पड़ेंगे तो ये नाइन्टी फाइव परसेंट वालों में आ जाएंगे सिर्फ खाने खाने वाले ऐसा नहीं कह रहे कि मत खाइए आप ऐसे रहिए खाइए लेकिन साइड में करके समझ रहे हो पहले जो टारगेट है जो काम है जो उद्देश्य है उसे पूरा कर और हाँ जो यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारा मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सअप का रिप्लाई आपका दीपक सर करते हैं या आनंद सर करते हैं और भी जो लोग हैं कॉल वगैरह तो आपकी मैम वगैरह करती हैं जो भी तो हमसे बात नहीं हो पाती है वो लोग भेजते हैं यार मेरा सब्सक्राइब करवा दीजिए सर प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए देखो भैया मांगने से ना आजकल भिक्छा भी, भी नहीं मिलती लोग भगाए देते हैं गरिया समझ रहे हो तो किसी के कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता है उसका कोई आपसे भावनात्मक लगाव नहीं है कि हम बोल दें और तुम सब्सक्राइब कर लो नहीं करोगे पीबीआर स्टडी में जो तीन चार लाख बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं किसी का पैर छू छू के नहीं कराया हूँ सबका इतने लाखों का हाँ शुरू शुरू में करवाया था शुरू शुरू में तो मैं अपने दोस्तों की मोबाइल ले ले कर जबरदस्ती सब्सक्राइब कर देता था जान नहीं पाते थे चुप्पे से लेकिन ऐसे कितने लोग को करोगे कई सौ डेढ़ सौ लोगों को जोड़ोगे बहुत ज्यादा 200 लोगों को जोड़ोगे लेकिन 2 लाख 4 लाख लोगों को नहीं जोड़ पाओगे ऐसे तो आप कुछ अच्छा काम करिए लोग खुद करेंगे खुद सब्सक्राइब करेंगे खुद संख्या बढ़ेगी लेकिन उससे उनका कोई फायदा भी होना चाहिए विशेष यादव जी बिल्कुल सब कुछ अच्छा है बढ़िया है क्लास के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए अभी 10 बजे से भी आपकी क्लास है ना बस एक रात की ही कहानी है सारी यही रात अंतिम यही रात भारी ये किसके लिए है जानते हो जिनकी परीक्षा है कल उन्ही के लिए आज इस क्लास होगी कक्षा 10 के लिए कुछ बोलिए मोटिवेशन मोटिवेशन की तो इतनी बड़ी मांग हो गई है कि सब मोटिवेशन से ही जी रहे हैं कक्षा दस वालों के लिए मोटिवेशन यही है कि तांक झाँक में ना पड़िए अभी टाइम अच्छा है हाँ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाकी बाद में समझ रहे हैं न और कक्षा दस वालों का शाम को सात बजे चलता है विजय जी बोल रहे हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें किस्मत की अजमाइश तो जुए में होती है बिल्कुल सही कहा आपने नसीब और भाग्य से कुछ नहीं होता है ना क्लास के बारे में कोर्स के बारे में या फिर आपके दिल में कुछ चल रहा है तो उसे बोलिए रखिए मत छुपा के मत रखिए बताइए आई ए एस सुरेंद्र कुमार कह रहे हैं मैथ नहीं आता है बड़ी शर्म की बात है और थोड़ा गंदा भी लग रहा है कि आपने पहली बात तो नाम में आई ए एस लगाया है दूसरी बात आपने मैथ की स्पेलिंग भी गलत लिखा है यानी मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश भी नहीं आती है बुरा नहीं मानिएगा हाँ फिर भी आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपने आई लगाया अच्छी बात है लेकिन अगली बार कहीं आप कमेंट करें जब तो आपको मैथ भले ना आए लेकिन मैथ लिखना आने लगे ठीक है ये आज कोशिश करना या ए टी एच एस लिखते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म मैथमेटिक्स होता है तो शार्ट में एम ए टी एच एस लिखते हैं मैथ्स ठीक है यम टी एच नहीं मैथ नहीं जिनको भी मैथ नहीं आता रात के नौ बजे से बिल्कुल बेसिक वाली मैथ देख सकते हैं एकदम जीरो लेवल से सप्ताह में शुरू के तीन दिन सोमवार मंगलवार और बुधवार को आपका बिल्कुल जीरो लेवल वाली मैथ होती है बाकी के अगले तीन दिन बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को आर्यस अग्रवाल की बुक पढ़ाई जाती है बिल्कुल शुरू से ठीक है आर एस अग्रवाल की बुक सभी कंपटीशन परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है पूरा कंपटीशन का सिलेबस उसमें है ठीक है समझ रहे हैं आप लोग इसको यहाँ रखने से थोड़ा मुझे तिरछा मिरछा पड़ रहा है और ये आज कुछ डिस्टर्ब है यार एक तरफ को लटक रहा है भाई नीलाक्षी जी बोल रही बेसिक फिजिक्स या केमेस्ट्री की क्लास भी चलाएंगे क्या नीलाक्षी जी फिलहाल अभी तो नहीं चल रही है चलाएंगे तो आपको बताएंगे ठीक है अभी नहीं चल रही चलाएंगे तो बताएंगे और हर चीज का बेसिक ही चलाया जाएगा आप लोग खुद से भी कुछ पढ़िए बताइए किसी को और कुछ कहना है क्लास के बारे में तो बोलते जाइए मैं उधर साइड में बंद करके आऊँ फैन वगैरह क्या या एयरफोन लगा लूँ क्या इसमें आवाज़ कम आ रही होगी हो सकता है क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बोलिए हाँ हमारा मुद्दा जो होता है इस सेशन में यही होता है कि जो लोग डिप्रेशन में है टेंशन में है क्योंकि आजकल ज़िंदगी बड़ी टेंशन में चल रही है एक बात मैं आपको बता दूं जो हमारा अनुभव हो रहा है देखिए जब तक आप सफल होंगे नहीं तब तक लोग आपको सफल होने देंगे नहीं और जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपको सफल रहने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है अगर आप जाकर के चौराहे बैठ के सब्जी बेचना शुरू कर देंगे तो लोग मजाक बनाएंगे समझ रहे हो देखा ससुरा सब्जी बेचेला देखो देखो फलाना सब्जी बेचे कहो सब्जी वाले कहो समझ रहे हो साथी लोग ऐसे करेंगे और अगर आपकी दुकान बढ़िया चल गई बड़ी सी भीड़म भीड़ मच गई आपके कस्टमर हमेशा डटे रहे तब उनको तकलीफ होगी फिर वो चिढ़ाएंगे नहीं फिर उनको जल न होगा फिर वो उधर से जाएंगे भी नहीं समझ रहे हो ना फिर वो किसी से बताएंगे भी नहीं कि ससुराल सब्जी बेच रहा है तो ये क्या है ये हकीकत है सच्चाई है एक बात और ममता साकेत जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है एक बात और दूसरी मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्या बताने वाला था ये लोग कुछ दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं नहीं भैया रूम नहीं दिखाएंगे रूम में कुछ सीक्रेट हो तो का दिखा दें आपको बताइए जितना देख रहे हो बस इतना हिस्सा देखो कैमरे के आगे का देखो पीछे का मत देखो क्योंकि हर इंसान की पीछे की जिंदगी कुछ ना दिखाने लायक होती समझ रहे हो कि नहीं हम्म हर इंसान की जो है लाइफ का दो पार्ट होता है और ये आर के राजा जी कौन है भैया हमें लग रहा है ये अभिषेक जी ने कहा दिखाएंगे बाद में हाँ सब्जी वाली बात बता रहे थे तो सुनिए आवाज आ रही सही हाँ सफल हो जाएंगे तो सफल रहने नहीं देंगे सब्जी वाली बात उठाया था ना देखिए यार जिंदगी में ना चाहे आप स्टूडेंट हैं या किसी काम में या कुछ भी कर रहे हैं चाहे आपका कितना भी प्यारा कितना भी घनिष्ठ दोस्त क्यों ना हो फ्रेंड क्यों ना हो आप अगर परीक्षा में पास होते हैं तो अच्छी बात है फेल होते हैं तो उसको बुरा लगता अच्छी बात लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है दोस्त को जब आप उससे ज़्यादा नंबर पा जाते हो। बताओ सही बोल रहे हैं कि नहीं अगर आप अपनी क्लास में फ़ेल हो जाते हैं तो आपके दोस्त को तकलीफ होगी ये तो अच्छी बात है सामान्य सी बात है थोड़ा दुख होगा कि भाई भाई फ़लानुआ फेल होगा साला पढ़ाता हमारे साथ है तब फेल हो, फेल हो लेकिन अगर आप पास हो गए तो ठीक है अगर आप उससे ज़्यादा नंबर पागे तो तब तो तो उसको बड़ी जलन होगी वह पढ़ता तो मैं भी था लेकिन गड़बड़ कर दे उसी तरह से अगर आप कोई प्रकार का रोजगार बिजनेस व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं आपका भी चल रहा है तो ठीक है अच्छा है उसका भी चल रहा है ठीक है लेकिन अगर आपका उससे कई गुना आगे बढ़ गया तो फिर उसको कहीं ना कहीं तकलीफ शुरू हो जाती है, ये मानो की एक नॉर्मल प्रवृत्ति है इसलिए बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट भी रखी जाती हैं जरूरी नहीं आपको बर्बाद करने के लिए कोई आपसे नफरत ही करे यहाँ लोग मोहब्बत में भी उलझा करके लोगों को बर्बाद कर देते हैं समझ रहे हो ना काफ़ी अनुभव के साथ बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि कोई आपके लड़ाई झगड़ा करके ही आपको डिस्टर्ब करे लोग आपको चिकनी चुपड़ी बातों में अच्छे अच्छे ख्वाबों में उलझा के भी आपको तबाह कर दें सही लग रहा है ना मेरी बात कभी अनुभव जो लोग किए हैं उनको एहसास हुआ होगा समझ गए होंगे तो इसलिए सावधान रहें दोनों तरह के लोगों से सावधान रहें कुछ लोग कहते हैं कभी कभी बताना तो बड़ा आसान होता है लेकिन अपने ऊपर काफी मुसीबत लगती है ना लगती है सबको ऐसा लगता है मनदीप जी कह रहे हैं कि बेसिक मैथ सीखकर इंजीनियरिंग कर रहा हूं जी बिल्कुल मनदीप जी कुछ भी कर सकते हैं मैंने तो बताया ना कि बेसिक मैथ हमारी होती है ऐसे है। हमारी बेसिक मैथ की क्लास पुलिस वाले भी ज्वाइन करते हैं आर्मी वाले भी करते हैं बीएसएफ वाले भी करते हैं जो सरकारी अध्यापक हैं वो भी करते हैं आप कहोगे तो झूठ बोल रहा था सरा ये आर्मी वाले ये बीएसएफ वाले पुलिस वाले पढ़ के क्या करेंगे तुमको नहीं पता उनके अंदर कितनी तकलीफ है एक हमारे दोस्त हैं नाम नहीं बताएंगे अभी यूपीपी में उनका हुआ है हाल ही में कुछ महीना पहले कह रहे थे यार पहले पुलिस में होने के लिए जितना पढ़ते थे ना उसका चार गुना पढ़ रहे हैं कि टीचर बन जाएं जिससे पुलिस की नौकरी छूट जाए समझ रहे हो और जो आर्मी बीएसएफ वाले होते हैं उनकी तो मैं कोई कहानी नहीं बता सकता हूँ सीक्रेट होती है बहुत से लोग हमसे शेयर करते हैं वो सब चाहते हैं कि आराम की नौकरी मिल जाए समझ रहे हो ना इनमें से हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसलिए पढ़ते हैं और मेहनत इंसान कहाँ करना चाहता है किक मारकर बाइक स्टार्ट हो रही थी अब सेल्फ वाली आ गई इसलिए कि पैर भी ना झटकना पड़े तो फिर इंसान मेहनत क्यों करेगा बीए के बाद गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं संदीप जी अगर आप बीए कर रहे हैं ना तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड या बीटीसी करिए उसके बाद आप टीटी वगैरह दीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं विशेष रूप से ठीक है प्रियंका मिश्रा बीटीसी का रात 10 बजे से होता है तो कुछ चीज़ें जो नॉर्मल सी हैं जो आप लोग बार बार पूछते हैं मैं वही बताना चाहता हूं कि उम्मीदों की कोई कमी नहीं है अगर आप बेरोज़गार हैं आप अपने आसपास पढ़ने वाले लड़के क्या क्या कर सकते हैं देखिए सिंपल सी बात है अगर आप पढ़ते हैं आप किसी शहर में हैं मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ छोटी छोटी बात सबसे पहला तो आप न्यूज़ पेपर वाला काम कर सकते हैं जिससे आपका महीने में हजार, दो चार पाँच सौ हज़ार दो हज़ार रुपये आएगा आराम से समझ रहे हैं ना ये कहाँ होगा जो आपके यहाँ पेपर लेके आता होगा गल बगल उससे मिलिए कहाँ फिलाता है वहाँ जाके बात करिए वो लोग आपको कुछ आइडिया सुझाएँगे देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता याद रखना ये नहीं कि बहुत मज़ा आएगा कोई भी जानेगा तो मज़ा ज़रूर लेगा आपके दोस्त लोग देखो पेपर बेचने लगा पेपर वाला हो गया पेपर वाला लेकिन ये बात उनके लिए है जो काफ़ी परेशान है और वो दिल से सुन रहे हैं अंदर से मुझे पता है कुछ लोग तो मज़ा लेंगे उनकी बात अलग है ठीक है दूसरी बात आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ फैमिली टाइप का माहौल है अगल बगल बच्चे बच्चियाँ रहते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना देसी भाषा परखाइए धीरे देर धीरे समझ रहे हो ना अपने आस बैठाइए बुलाइए उनसे बातचीत करिए उनसे थोड़ा सा व्यवहार बनाइए फिर उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए बिना किसी पैसे के वैसे ही धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगेंगे आपकी लत लग जाएगी और बच्चा की आदत बढ़ जाएगी हाँ पढ़ेगा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो भैया वो भाभी वो दीदी अंकल जो भी हैं तो अपने मम्मी पापा से बोलेगा फिर आपको उसके मम्मी पापा पेमेंट भी करेंगे समझ रहे हो हम्म लेकिन अब डायरेक्ट जाके उसके पापा से कहोगे तो ये गड़बड़ है हाँ एक आध महीना पंद्रह दिन में हो जाएगा अगर आप नए नए हैं कभी कुछ नहीं किए तब बाकी अगर आप पढ़ाए लिखाए हैं एक्सपर्ट हैं तो बात ही अलग है फिर तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं दूसरी बात ऑनलाइन में बहुत बड़ा माहौल है आपके पास मोबाइल है रोज का डेढ़ जीबी डाटा ख़राब करते हो मतलब डेटा यूज हो जाए चाहे टाइम भले बर्बाद हो जाए तो आजकल छोटे से लेके बड़े तक बूढ़ो बूढ़वा से लेके जवान तक सब मोबाइल में घुसे हैं ठीक है सब मोबाइल में घुसे हैं तो मोबाइल में ही कुछ दिखाना शुरू कर दीजिए लोग देखें आपको इससे भी काफी अच्छी अर्निंग होती है लेकिन मेहनत हर जगह करना पड़ेगा धैर्य बना के रखना पड़ेगा ये बात याद रखिए कुछ भी करेंगे तो ये नहीं कि आज शुरू किया चार दिन बाद मिलने लगा नहीं मेहनत करनी पड़ती है आम का पेड़ लगाओगे ना तो उसे हर मौसम में सींचना पड़ेगा फल तो लगेगा पाँच साल बाद लेकिन ये नहीं कि भैया ठंडी भर बर सींचा बरसात भर बर सींचा अब गर्मी आ गई भाई दी मौसम सींचा छोड़ो अब नहीं सींचेंगे तो गर्मी में सूख जाएगा वो फिर मिले उलेगा नहीं कुछ हाँ बाकी अगर आप जॉब करना चाहते हैं कुछ आपके पास टैलेंट है तो आप पीबीआर स्टडी में भी जुड़ सकते हैं घर बैठे काम कर सकते हैं जैसे विशेष रूप से गर्ल्स के लिए तो फोन कॉल वाला होता है अभी तो फिलहाल फोन कॉल वाले में ऑप्शन नहीं है आप टाइपिंग कर सकते हैं क्वेश्चन रिसर्च कर सकते हैं समझ रहे हैं न और थर्मिनल वगैरह बना सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट बना सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन वर्क हैं जो आप हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं अगर जो लोग भी करना चाहते हैं नंबर में बोल रहा हूँ लिख लीजिए अगर आपके पास कोई टैलेंट है तब नहीं तो माफ़ी चाहते हैं मतलब पहले से अगर है कुछ करने का आपके अंदर जुनून तब बाकी तो बहुत से लोग बेरोजगार हैं भैया क्या करें वो बेरोजगार बने समझ रहे हैं न तो कमेंट करके बताइएगा बाद में आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है नंबर बाद में मिल जाएगा तो लिख लीजिए नाइन सेवन नाइन ममता साकेत जी बोल रही कि जरूरी नहीं कि दुश्मन बनाने के लिए आप लड़ाई ही करें एक बार अपने हक और सच बोलकर देखिए बेसुमार दुश्मन आपके घर में ही है बिल्कुल सही कहा आपने तो अगर आप भी डिप्रेशन में हैं टेंसन में है इस तरह के माहौल में जी रहे हैं तो जो मैंने बताया उसमें से कोई एक तरीका आजमा सकते हैं अगर आप गर्ल्स हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोई भी वर्क कर सकती हैं ज़्यादा सुझाव के लिए मैंने आपको जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको और अन्य तरीके बताए जाएँगे कुछ भी आप कर सकते हैं बेहतर जिसमें भी आप करना चाहें मैं कई कैटेगरी बता दे रहा हूँ देखिए अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं ठीक है किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ करके टाइपिंग कर सकते हैं क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं और स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये कर सकते हैं अगर आपका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है खाना पीने का शौक़ है खूब हमेशा ढकेले पड़े रहते हैं तो आप कुकिंग वाला कोई काम कर सकते हैं कुछ भी अच्छा बना करके आप देखिए कुकिंग के चैनल यूट्यूब पर हैं ऐसी महिलाएँ ही नहीं पुरुष भी हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं सिर्फ खाना बनाते हैं समझ रहे हो बनाते हैं पूरा घर परिवार खाते हैं और उससे जितने का वो खाना में लगाते हैं उसका कई गुना पैसा आ जाता है उस वीडियो से सोचो कितनी अच्छी बात है अगर हम लोग को हर दिन नया नया कुछ बना के खाने को मिले और उसका पेमेंट भी हमें मिल जाए उसका दो गुना डबल मान लो एक हजार का कुछ बनाया खाया और दो आ गया शाम तक कितना अच्छी बात है तो ये कर सकते हैं लाजवाब दूसरी बात अगर आप टेक्निकल में एक्सपर्ट हैं मोबाइल आजकल हर कोई लेके घूम रहा है चाहे वो अपना नाम नहीं लिखना जानता है तो मोबाइल के बारे में कुछ बताना शुरू कर दीजिए लोग उसको भी देखेंगे उससे भी काफ़ी अच्छा नाम होगा काम होगा पैसा भी आएगा नहीं तो आप और ज़्यादा एक्सपर्ट हैं टेक्निकल अभी देखिए मैंने एक बोर्ड बनाया था बिजली का बोर्ड कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं पचपन लोगों ने देखा उसको अभी तक विद्युत का बोर्ड जानते हो जिसको स्विच दबाते हो पंखा चलता है मोबाइल चार्ज होता है अभी एक बोर्ड मैंने कल परसों में फिर बनाया अभी उसका वीडियो नहीं डाला तो मैं बोर्ड नहीं बनाता हूँ अगर ऑफिस में कहीं काम लगता है कोई चीज़ नया लाने का तो मैं सामान बना बनाया नहीं लाता हूँ मैं उनके पार्ट खरीद के लाता हूँ उनको खुद बनाता हूँ फिर उसकी वीडियो बना देता हूँ अब देखो कितनी अच्छी बात है मैं मतलब मैंने उस बोर्ड के लिए दो खर्चा किए हैं लेकिन उस वीडियो से एक महीने के अंदर पाँच आ जाएंगे सोचो अच्छी बात है कि नहीं बताओ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाया यहाँ पर चार्जिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर वर्क के लिए जिसमें मोबाइल चार्ज करते हैं दो सौ का सामान लाया और एक महीना के अंदर उसका वीडियो जो मैंने बनाया डाल देंगे यूट्यूब पे तो उसके चार सौ आ जाएंगे आराम से कम से कम तो पैसा डबल आ गया बोर्ड भी मिल गया और काम भी हो गया और ऐसा ही नहीं है कि महीने में आ जाएगा हर महीने कुछ ना कुछ आएगा उस वीडियो तो ऐसे कुछ काम करना चाहिए समझ रहे हैं कि आप सोते रहें तब भी कुछ ना कुछ आता रहे जरूरी नहीं कि आप पकड़ के खींच रहे हैं जब तभी चले आप सो जाएं तब भी कुछ ना कुछ आता रहे ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा करने के लिए क्या करना है खाली बैठ के सोचिए किसी के साथ बैठ के बाकी मत करिए आप कहीं भी रहिए अकेले बैठ के सोचिए कुछ ऐसा क्या किया जाए हर कोई अपने आप में खास होता है समझ रहे हैं न हर कोई अपने आप में इस्पेशल होता है कुछ भी आप कर सकते हो बस मोटिवेशन अंदर से बना रहना चाहिए सूखना नहीं चाहिए 10 बजे से आपकी अगली क्लास है तो फिलहाल ये सेशन यहीं पे बंद करते हैं बिल्कुल हताफ निराफ नहीं होना है रख हौसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा बिल्कुल आएगा बस इंतजार नहीं करना है कोशिश करते रहना है कुछ ना कुछ करते रहना है अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करना है अपने आप आएगा, काम अच्छा करिए है। मिलते हैं फिर रात के 10 बजे से एक ही रात की कहानी है सारी यही रात अंतिम यही रात भारी आज बी टी वालों के लिए ये लास्ट क्लास होगी कल परीक्षा है तो उनके लिए आज एक क्लास चलेगी रात दस बजकर पंद्रह मिनट से आप लोग भी आइएगा जरूर अमित कुमार जी आप कहाँ से हैं सुल्तानपुर में विशेष रूप से एक बात बता दीजिए लास्ट में चलते हैं अमित कुमार जैसे जो भी लोग सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं भैया कहाँ से हैं जरा थोड़ा बताओ तो मैं भी थोड़ा जानू सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें जल्दी करिए फिर मैं बंद करता हूं कहानी आज की खत्म नीचे मत देखना किरण भवन हाँ ठीक है अच्छा है तो बंद करें ठीक है बंद करें कहाँ गए भाई वो भाग गया कहाँ जाने दो चलो रखते हैं फिर ठीक है बाय बाय आज के लिए इतना ही रात दस बजे से फिर से आना सभी ठीक है हाँ मोबाइल नंबर सुन लीजिए दूसरा वाला आपकी मैं बोल देता हूँ एट सेवन ज़ीरो सेवन सेवन थ्री फाइव थ्री सेवन सिक्स इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा फ़ोन कॉल नहीं एक बार फिर से सुन लीजिए नंबर एट सेवन जीरो एट सेवन ज़ीरो का मतलब सतासी फिर ज़ीरो सेवन सेवन यानी सतर सत थ्री फाइव मतलब पैंतीस थ्री सेवन सिक्स यानी तीन सौ छिहत्तर बिल्कुल भैया बहुत अच्छी बात आपने लिखा है विजय जी ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर कसम खा कर कहता हूँ कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर इसी बात के साथ मैंने शुरू किया था पी स्टडी आज वक्त लेकर भी नहीं मिल पा रहे हैं वो हमसे सिर्फ वीडियो ही देख के तसली कर रहे हैं समझ रहे हैं ना हकीकत बात बोल रहा हूँ ये मैंने भी किसी के लिए कहा था इसे और आज सही भी हो गया है अब वक्त लेकर भी नहीं मिल पाते हैं सिर्फ YouTube पे देख के संतोष कर रहे हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मिलते हैं 10 बजे से